लग जागले के फिर ये हसीरात हो शायद फिर से जन मुलाकात हो न हो लग जागले It's not easy, but I'm still standing. खाए थी हमने वादा किया था जो मिलके पर सनम चले आए आया तो हम चले आए चले आए। चले आए वीर आए। आए। दर पर सनम चले आए राजा को रानी से प्यार हो गया पहली नजर मिट्टी तो तुमसे जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है क्या करूँ हाई कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाई कुछ कुछ होता है तो ये जाना सनम प्यार होता है दिवाना सनम। अब यहाँ से कहा जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम सारी है तेरे में। कैसे बताओ जज्बात ये मेरे मैंने खुद से भी सदर तुम्हें चाहिए हाँ किसी की तरफ झुकने तर लगे बात लाकर सुबह तक रुकने लगे आखों में इकरार होने लगे बोल दो कर तुम है प्यार होने लगे हाँ तू है तो मेरी सांस चली How did we get to this? जो देगा श्याम जबिया हसम जब गाय तू रूम शाय तु में आ ही नी हैं